तो दोस्तों मैं आज आप सभी को एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर आपको एलियन जैसी चीज मिलेगी तो यार सिंपली से आप सभी को गूगल मैप को ओपन करना है मैप टाइप पर जाके सैटेलाइट मोड पर ओपन रखना है और उसके बाद में आपको सर्च करना है थ्री फाइव डॉट टू सिक्स एट फोर एट जीरो माइनस वन वन सिक्स डॉट जीरो सेवन जीरो थ्री सिक्स और ध्यान रखे सभी नंबर और साइंस सही जगह पर रहनी चाहिए फोटो पर दबाना है और उसके बाद में ये जो एरो दिख रहा है इस पर अगर आप डबल टैप करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उसके बाद में आपको सर्ट पे देखना है आपको ये जो एलियन दिख रही है कितने एलियन हैं वो आपको कमेंट में बताना है जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसे हम पिन करेंगे